तो बड़े निल्ण। निल्ण। पेट तो क्या वेज भी मिलता है ना मेन्यू में बहुत सारी आइटम है बहुत सारे आइटम है कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं पर हम करने वाले नॉनवेज, क्योंकि कल गुरुवार है कल गुरुवार को खाना नहीं है गुरुवार को तो नॉनवेज है। है। मेरे को पार्टी हाय हाय करो। ए, सान, है करो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमने ऑर्डर क्या, क्या किया है ग्रीन चिकन लपेटा फुल और बटर नान किया है और स्टार्टर में क्या किया है मसाला पापड़ और गार्लिक चना तो देखिए आता है उसका टेस्ट कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है रात के बज रहे हैं साढ़े दस और युग भी सोच चुका है देखिए युग सो चुका है और इन लोगों की सहता है देखिए और एक बिल्ली आई है खाना खाने लो कर रहे हैं। क्या है ना कि छुट्टी है मेरे घर पे जा रहे हैं दो तीन दिन के लिए तीन दिन के लिए तो हम बस गणपति में आए थे गणपति के पापा की पूजा की और फिर हम वहाँ मम्मी के घर से आठ बजे निकले तो बस हम यहाँ पे नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ऐसा घर वाला फीलिंग आ रहा है हम लोगों को ऐसा लग रहा है घर पे ही हैं मस्त तो नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और क्या है, है कि नहीं ऐसा लग रहा है घर वाला फीलिंग आ रहा है ना घर वाला फीलिंग आ रहा है न एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं बराबर दे देता दे है है देखो किसी दे तारा। दे तारा। रहा। ये है चना गार्लिक मसाला पापड़ तो, तो उतना वो नहीं लग रहा तो है हाँ? वो दे दे हाँ? एक मिनट मसाला पापड़ थोड़ा दो मुझे थोड़ा दो दो ना थोड़ा, थोड़ा सा दो वो सामने क्या रखा है नहीं दो इधर जल्दी अरे खत्म हो गया तो ये प्लेट लो ना एक दो तीन चार पाँच ना पांच प्लेट करिए नहीं और दो छोटे दो प्लेट और करिए बस थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए उन लोगों के लिए there वेस्ट भी हो गया क्योंकि हम लोगों को ना हाफ़ मंगाना चाहिए था हम लोगों ने फुल मंगा लिया इसलिए वेस्ट हुआ और बस अपडेट रेट करे जाने के लिए थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो हम निकलते हैं युग को इतना उठाई खाना खाने के लिए लेकिन युग उठाई ही नहीं युग एकदम नींद में है देखिए जो आज मेरा भूखा रह गया तो चलो हाँ चलो चलते हैं हाँ ये नान पार्सल कर सकते हो क्या कर दीजिए।